हेलो फ्रेंड्स मैं प्रीति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं चिकन करी एंड पुलाव की कोम्बो रेसिपी बहुत ही टेस्टी आज हम चिकन करी बनाएंगे जैसे हम पार्टी में जाकर हलवाई के हाथ के चिकन और पुलाव खाते हैं ना आज मैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से और उतना ही बढ़िया टेस्ट के साथ आज हम इस कोम्बो रेसिपी को बनाने वाले हैं इस रेसिपी को हम बिना मसालों को पिसे हुए बनाने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से यकीन मानिए ये चिकन करी आपको रेस्टोरेंट इंडावा से ज्यादा पसंद आये चलिए इस कॉम्बो रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम चिकन बनाएंगे सबसे पहले हम चिकन को मेरीनेट करेंगे तो एक केजी चिकन को मैंने लिया है और इसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है तो इसी चिकेन में हम डालेंगे चार से पाँच चम्मच दही तो ये थोड़ी सी खट्टी दही है आप चाहे तो इस जगह पर फ्रेश दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक चम्मच हम नमक ऐड करेंगे एक चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तो मेरे पास पहले से रेडी कर फ्रिज में रखा हुआ था तो मैंने उसे यूज किया है वरना आप इस पेस्ट की जगह पर इसे कूट कर इस्तेमाल करें तो अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे तो मैंने यहाँ सरसों तेल डाला है और अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यही और मसालों को हम चिकन के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे अब हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे चाहे तो इसे एक घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं और अब हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं तो एक कटोरी में हम लेंगे डेढ़ छोटी चम्मच जीरा पाउडर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच काले मिर्च पाउडर तो काले मिर्च को मैंने दर कूट लिया है अगर आपके पास ना हो तो आप इस जगह काले मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डेढ़ चम्मच हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और इसके बाद हम इसमें दो छोटी चम्मच ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर तो तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं अब हम इसमें दो चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे तो धनिया पाउडर का इस्तेमाल हमें जीरा पाउडर से थोड़ा सा ज़्यादा करना है और अब हम मसालों के हिसाब से इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाले अच्छे से पानी में भीग जाए और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसे साइड रख देंगे तो बीस मिनट हो चुका है तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ मैंने गैस पर कड़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है तो अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे सरसों के तेल में नॉन वेज या छोले ज्यादा टेस्टी बनती है अगर आप सरसों के तेल में खाना बनाना पसंद नहीं करती है तो आप यहाँ किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं जब तो तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे तो मैंने यहाँ दो छोटी इलायची और बड़ी इलायची को अच्छे से ट लिया है और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी खड़ा लिया है आधा चम्मच जीरा और तीन तेजपत्ता इन सभी को हम तेल में डालेंगे और कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे कुछ सेकंड खड़े मसाले को पकने के बाद अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच कूटा हुआ अदरक लहसुन ऐड कर देंगे तो मैंने आठ से दस लहसुन की कलिया और आधा इंच अदरक इस तरह से कूट लिया है तो इसे भी हम कुछ सेकेंड के लिए तेल में फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी खुशबू तेल में आ जाए और इसके बाद अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे तो मैंने लगभग आठ मीडियम साइज के प्याज को कट कर लिया है इस तरह से लंबे स्लाइसिस में और अब हम इसे आठ से दस मिनट के लिए फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए तो देखिए प्याज अब अच्छे से फ्राई हो चुकी है और ये पहले से सॉफ्ट भी हो गई है ध्यान रखें कि हमें प्याज के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है कभी कभी प्याज के पेस्ट से मसाले काले पड़ जाते हैं तो अब हम इसमें एक टमाटर ऐड कर लेंगे तो जिसे मैंने थोड़ा मोटा ही कट किया है और इसी के साथ हम तीन हरी मिर्च भी इसमें एड कर लेंगे तो हरी मिर्च को मैंने बीच से इस तरह से कट कर लिया है तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसे कवर कर लेंगे और कवर करके हम इसे मीडियम फ्लेम पे दो मिनट के लिए पका लेंगे अगर आपको चिकन में टमाटर का टेस्ट ज्यादा पसंद है तो आप यहाँ एक टमाटर की जगह तीन से चार टमाटर एड कर ले यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया तो अब हम इसमें डालना है मसाला तो मसाला कौन सा हम डालेंगे जो हमने पेस्ट बना रखा है तो इसे एक बार हम पहले मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसे प्याज टमाटर के साथ इसमें ऐड कर लेंगे और इसमें अब हम नमक डालेंगे तो जिससे मसाले और टमाटर सभी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी इस समय हम स्वाद अनुसार नमक इसमें मिक्स कर लेंगे तो ध्यान रखें कि नमक हमने मैरिनेट करते समय भी चिकन में डाला है तो उस हिसाब से ही आप नमक का इस्तेमाल करें नमक को मसालों में मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक के लिए मसालों को भून लेंगे तो हम इसे बीच में एक बार चला लेंगे पाँच मिनट होने के बाद हम मसालों को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब मसालों में से तेल रिलीज होने लगी है और प्याज टमाटर भी काफ़ी हद तक अब सॉफ्ट हो चुकी है तो मैंने इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए मसालों को भुना है तो आप देख सकते हैं कि मसाले अब अच्छे से आधी फ्राई हो चुकी है तो अब हम इसमें मैरिनेट किए हुए चिकन डाल देंगे तो मैंने सबसे पहले तेल में अदरक लहसुन डाला फिर प्याज फिर टमाटर उसके बाद मैंने मसालों को भुना और उसके बाद मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन डाला तो चिकन को अब हम अच्छे से मिक्स करने के बाद फुल फ्लेम पर हम इसे दो मिनट भून लेंगे और दो मिनट बाद अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम करके हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे जैसे ही हम चिकन को कवर करेंगे इसमें से पानी रिलीज होने लगेगा और उसी पानी में ये चिकन फ्राई होगी 8 मिनट बाद अब आप देख सकते हैं कि चिकन काफी हद तक भून चुकी है और प्याज टमाटर भी अब अब काफी हद तक सॉफ्ट हो गयी है तो अब हम एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे मीडियम फ्लेम पर चार से पाँच मिनट के लिए और कुक करेंगे पाँच मिनट बाद अब आप देख सकते हैं कि चिकन बहुत ही अच्छे से भुन चुकी है और इसमें से तेल भी रिलीज होने लगी है तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक चम्मच गर्म मसाला पाउडर और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे दो बड़ा चम्मच चिकन मसाला पाउडर चिकन को मैंने 80% तक कुक कर लिया है बाकी का 20% हम इसे ग्रेवी के साथ कुक करेंगे तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी तो मैंने यहाँ गुनगुना पानी लिया है आप इस समय ठंडा पानी या या फिर नॉर्मल पानी का इस्तेमाल ना करें वरना चिकन का टेस्ट ख़राब हो जाएगा और इसका कलर भी तो इसमें हम गुनगुना पानी ही यूज़ करेंगे और पानी डालने के बाद हम चिकन को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे पाँच से सात मिनट के लिए और कुक करेंगे पाँच मिनट हो चुका है तो यहाँ ग्रेवी के लिए चिकन में मैंने लगभग डेढ़ गिलास पानी का इस्तेमाल किया था तो अब हम एक बार चिकन को मिक्स कर लेंगे और आपको मैं आप चिकन चेक करके दिखाती हूँ कि ये अच्छे से पकी या नहीं है तो आप देख सकते हैं कि चिकन अब अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और ये बिल्कुल कुक होकर रेडी है तो अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच घी तो घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चिकन में एक बार आप इसे बना के जरूर ट्राई करें इस तरह से अगर आपको घी पसंद ना हो तो आप स्कीप भी कर सकते हैं यहाँ पर हमारा चिकेन करी बहुत ही टेम्पिंग दिख रहा है तो चिकेन बन के हमारा रेडी हो चुका है तो अब हम इसे कवर कर देंगे और चलिए अब हम फटाफट चिकन के लिए पुलाव बना के रेडी कर लेते हैं पुलाव बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे दो बड़ा चम्मच रिफाइन तेल आप चाहे तो सिर्फ घी में भी पुलाव को बना सकते हैं। तेल डालने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे दो बड़ा चम्मच घी तो इस समय हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और घी जब हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे तो यहाँ मैंने काजू और किशमिश लिया है फ्राई करने के लिए तो मैंने थोड़े से काजू को बीच से इस तरह से दो भागों में कर लिया है और थोड़े से काजू को मैंने खड़ा ही यूज किया है और थोड़ा सा यहाँ मैंने किशमिश लिया है तो इन सभी को हम तेल थोड़ा सा ही गर्म हो उसी समय हम ड्राई फ्रूट्स को डाल के फ्राई कर लेंगे तो आप यहाँ पास अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पुलाव में खाना पसंद हो तो अब आप देख सकते हैं कि किशमिश पहले से फूल कर अब बड़ी हो चुकी है और अब इसका कलर भी चेंज हो गया है तो अब हम इसे इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे और इसे अब हम निकाल लेंगे आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को बिना फ्राई किए हुए भी पुलाव में ऐड करके बना सकते हैं पर फ्राई करने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है तो इसलिए मैंने इसे फ्राई कर लिया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में तो देखिए काजू किशमिश को मैंने फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लिया है तो अब हम इसे साइड रख देंगे और अब हम गैस का फ्लेम फुल कर देंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम फुल ही रखेंगे और फुल फ्लेम पे हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है तो अब आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज हो गया है और ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो अब हम इसे इससे ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि प्याज को जब हम ठंडा होने के लिए रखेंगे तो ये और डार्क हो जाएगी अब हम प्याज को भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और प्याज का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे अगर इससे ज्यादा हम प्याज को फ्राई करेंगे तो उसका टेस्ट पुलाव में बढ़िया नहीं आएगा तो देखिये प्याज को मैंने निकाल लिया है ठंडा होने के बाद ये थोड़ी सी और डार्क हो जाएगी तो अब हम इसे साइड रख देंगे और इसी तेल में अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे तो यहाँ मैंने 10 से 12 लौंग लिया है एक चम्मच जीरा लिया है तीन छोटे इलायची और दो बड़े इलायची को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है और इसी के साथ मैंने तीन तेजपत्ता लिया है दो जावित्री का फूल तीन से चार दालचीनी का टुकड़ा और यहाँ पास मैंने आधा चम्मच सा जीरा लिया है और 7 से 8 काले मिर्च के दाना और इसी के साथ हम इसमें तीन तेज़पत्ता ऐड कर देंगे और अब हम इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद अब हम इसमें पुलाव का चावल ऐड करेंगे तो चावल को मैंने आधे घंटे पहले ही अच्छे से धो लिया चावल को मैंने पानी में भी के नहीं रखा है आप देख सकते हैं कि चावल के सभी दाने बिल्कुल ड्राई है इसे मैंने बस दो पानी से अच्छे से साफ कर लिया है और उसके बाद मैंने इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख दिया था तो अब हम इसे फुल फ्लेम पे कुछ समय के लिए फ्राई कर लेंगे इसे हमें भुनना है थोड़ा सा और जब ये थोड़ी सी भुन जाएगी तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक तो न, नमक हम इसमें कम ही ऐड करेंगे क्योंकि पुलाव को हमें चिकन के साथ खाना है और इसमें हम ऐड कर देंगे एक बड़ा चम्मच चीनी और अब हम इन सभी को फुल फ्लेम पर कुछ सेकेंड के लिए मिला लेंगे और कुछ सेकेंड मिलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी मेजरमेंट के लिए हम एक गिलास पुलाव के चावल में डेढ़ गिलास पानी का इस्तेमाल करते हैं तो मैंने यहाँ तीन गिलास चावल का इस्तेमाल किया है तो मैं इसमें साढ़े चार गिलास पानी का इस्तेमाल करूँगी कभी भी आप जब घी में पुलाव बनाने वाले हों तो, तो उसमें ठंडा पानी या नॉर्मल पानी का इस्तेमाल ना करें जब भी इस्तेमाल करें तो गर्म पानी गुनगुना पानी का ही इस्तेमाल करें तो पानी डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे सात से आठ मिनट के लिए कुक होने देंगे आठ मिनट बाद अब आप देख सकते हैं कि पुलाव के सभी दाने बिल्कुल खिले खिले बने हैं आप इसके सभी दाने देखिए पुलाव मैंने एटी तक कुक कर लिया है अब देख सकते हैं कि अब ये सॉफ्ट हो गई है तो अब हम इस ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए ऑनियनस और इसी के साथ हम इसमें काजू किशमिश भी ऐड कर देंगे जिसे हमने पहले से फ्राई करके रखा है तो हम इसे चारों तरफ से इस तरह से फैलाते हुए इसमें डालेंगे और उसके बाद हम इसे फिर से कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे लो फ्लेम पर चार से पाँच मिनट के लिए और कुक करेंगे पाँच मिनट बाद आप देख सकते हैं कि पुलाव बन हमारा रेडी हो चुका है तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब आप देखिए कि कितने खिले खिले पुलाव बने हैं और सभी दाने एकदम एक से अलग है तो जब ये ठंडी हो जाएगी तो पुलाव और भी बढ़िया हो जाएगा तो चलिए अब हम सर्व करते हैं तो लीजिए तो लीजिए चिकन और इसके साथ मैंने पुलाव को बना के रेडी कर लिया है तो आपको मेरी पुलाव और चिकन की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका आप एक बार चिकन का कलर देखिए कितना बढ़िया आया है और आप पुलाव देखिए सभी पुलाव बिल्कुल खिले खिले बने हैं